पहला सा प्यार है ये पहली खुमार है ये, पहला इकरार है। पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार करू मैं क्या अपना है दिले बे मेरे दिले बे तू ही बता पहला नशा पहला खुब दुवा